डी के हेल्पिंग एवरीवन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत आज हम बात करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही जिसमें कहा गया है बिहार में साढ़े छः हज़ार डॉक्टर समेत साढ़े छः हज़ार डॉक्टर सहित तीस हजार नियुक्तियाँ की जाएंगी संभावित तीसरी लहर के देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने ये निर्णय किया है कि इस पद को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार सरकार कमर कस ली है तो सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित सूचना और वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सीधे पहुंचता रहे चलिए इस वीडियो को हम इस्टार्ट करते हैं देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली साढ़े छः हज़ार डॉक्टर समेत होगी तीस हज़ार नियुक्तियां तीसरी लहर की तैयारी यानी बिहार स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगा तीसरी लहर की तैयारी के लिए यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे जी इनका क्या स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग कई अहम कदम उठा रहा है इसी कड़ी में 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है हमारा लक्ष्य 15 सितंबर तक इन पदों को भरने का है यानी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 15 सितंबर तक इन सभी पदों को भर लिया जाएगा ताकि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध है देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर होगी बहाली सामान्य डॉक्टर सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर छः आयुष डॉक्टर बत्तीस जेएनएम सत्तर जे एन एम, एन एम ये जो पद हैं इन सभी पद पे बहाली की जाएगी और जो अपडेट देखते हैं यहाँ पे शूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और कोरोना को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकार तीस हज़ार से अधिक पदों पर नियुक्ति करेगी नई नियुक्तियों में अकेले सामान्य और विशेष डॉक्टर मिलाकर करीब साढ़े छः हज़ार पदों को भरा जाएगा यानी विशेष तौर तो पे यहाँ कहा गया है नई नियुक्तियाँ में अकेले सामान्य और विशेष डॉक्टर को मिलाकर साढ़े छः हज़ार पदों को भरा जाएगा तिरसठ सामान्य विशेषज्ञ डॉक्टर बहाल होंगे स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो वर्ष 2122 के सितंबर के मध्य तक विभाग ने तिरसठ सौ उनतीस सामान्य और विशेष डॉक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया है या देख सकते हैं स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो वर्ष 2122 के सितंबर के मध्य तक विभाग ने तिरसठ सौ उनतीस सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है इनके अलावा बत्तीस आयुष डॉक्टरों की बहाली भी होगी जिसमें आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी पद्धति के चिकित्सक होंगे यानी इस वक्त बिहार सरकार पूरी तरह कोरोना से निपटने के लिए तैयार है इसमें आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी पद्धति के चिकित्सक होंगे चौदह हज़ार ए के पद भी भरे जाएंगे यहाँ देख सकते हैं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर के साथ ही करीब चौदह हज़ार ए और जेएनएम की भी बहाली भी अगले दो महीने में करने की विभाग की योजना है इसमें छियालीस सौ इकहत्तर और बानवे सौ तैंतीस हैं इन पदों के साथ ही तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से सात हज़ार पदों पर भी नियुक्ति हो गया देख सकते हैं चौदह हजार ए एन और सात हज़ार तकनीकी सेवा से भरे जाएंगे 15 सितंबर तक सभी पदों को भरे जाने का स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा स्वास्थ्य मंत्री मंगन पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया आयुर्वेदिक होम्योपैथी कूनानी चिकित्सकों की भी होगी बहाली जिलों में जिलों से ए के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया यानी सभी जिलों को भेजा गया है कि आप जो रिक्त पद हैं सभी का ब्यौरा स्वास्थ्य विभाग को भेजें स्वास्थ्य मंत्री और अपर सचिव के स्तर पर नियुक्तियों का फैसला लिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल किशोर ने एनएम एन के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जिलों से खाली पद का ब्यौरा तलब किया यानी जिले में जितने भी खाली पद होंगे आप देख सकते हैं संबंधित उनको तलब किया गया है निर्देश दिए गए हैं कि बिंदुवार आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का आकलन करते हुए स्वास्थ्य मुख्यालय को रिक्त पदों का ब्यौरा दिया जाए यानी बिहार सरकार ब्यौरा ले रही है कितने पद रिक्त हैं आपके जिले में इन सभी का डाटा भेजिए आरक्षणवार तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी कही जाएगी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग में काम करना चाहते हैं उनके लिए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो भी मित्र बंधु उनको इसमें लाभ मिल सके धन्यवाद